मणि पर, पर, पर कार्यक्रम होता है एक कि भोले इस सरम्य का प्रस्कार सामान्य हमारे यादव साहब की ओर से इस चलते कार्यक्रम पर आशीर्वाद मिला है धन्यवाद हो <laughs> छः हम <laughs> <laughs> हो इतना भोले फलदारी पद के सुंदर नारी प्रजा बन आ गए प्रजा बन आ गए प्रजावन गए प्रजा बन आ गए भोले शंकर भगवान की